मैं एक वीडियो देख रहा था मुझे आज एक वीडियो काफी अच्छा मिला तो 1998 की बात है शायद लड़कियां थोड़ा कम समझे लेकिन लड़के जल्दी समझ जाएंगे सचिन तेंदुलकर की लाइफ का ये एक और इंसिडेंट है जिम्बाबे के साथ मैच हो रहा था सचिन तेंदुलकर का और जिम्बाब्बे की टीम में पहली बार जनरली जिम्बाबे में भले ही आबादी एक तरीके से निगरो की है लेकिन जिम्बाब्बे की टीम में कोई भी निगरू नहीं होता था एक ओरिंगो नाम से पहला प्लेयर आया था जिम्बाबे की टीम में तो मेन जो मकसद है कि, कि किसे कहते हैं डेडिकेशन तो पहला जो टेस्ट मैच हुआ तो उसमें एक शॉर्ट बॉल डाली शॉर्ट बॉल मतलब एक कम दूरी से टप्पा डालने वाली बॉल जो होती है जिस पर सचिन आउट हो गए थे तो सचिन के आउट होने का उत्साह औरिंगो ने इतना मनाया था कि मतलब बहुत ज्यादा ही तो बहुत उत्साह मनाया और ने अद्भुत तरीके से पर डेडिकेशन किसको कहते हैं ये मुझे समझ में आया कि सच में लोग ऐसे ही महान नहीं बनते सचिन जैसे ही मैदान से बाहर गए तो ड्रेसिंग रूम से अपना कपड़ा चेंज किया मैच भी नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है सीधा मतलब हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेशन के लिए चले गए और केवल शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस की कि आखिर वो बॉल से वो कैसे आउट हो गए मतलब कहते हैं कि जब तक दो मतलब 48 घंटे बाद नया मैच होने वाला था तब तक सचिन केवल शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते गए जब दूसरा टेस्ट मैच हुआ टेस्ट मैच में क्या होता है बड़ा धीमा खेलते हैं सभी लोग लेकिन उस दिन सचिन एग्रेसिव थे कहते हैं मतलब जैसे आज 2020 के मैच होते हैं नब्बे या 94 बॉलों में 125 रन मारे थे और रिंग आउट नहीं कर पाए थे जितनी शॉर्ट बॉल डालनी थी सब डालकर देख ली पर हर बॉल का जवाब अद्भुत तरीके से दिया था मतलब एक छोटी सी बॉल पर आप आउट हो रहे हैं और आप 48 घंटे डेडिकेट कर रहे हैं हमें यह सीखना चाहिए कि जब हम किसी विषय में वीक हो रहे हैं, किसी विषय में हमसे गलती हो रही है हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो महान व्यक्ति इतना कर सकता है हम उस टाइप के दस सवाल नहीं लगा सकते हमें ये सीखना चाहिए कि यदि चीजें मतलब वो व्यक्ति केवल एक आउट होने का और मुझे नहीं लगता कि वो गुस्सा होगा वो गुस्सा अपने आप से ही होंगे एक इंसिडेंट शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से जब वो आउट हुए थे तो बॉल पे लिखवाया था साइन भी करवाया था और उन्होंने डायलॉग भी दिया था दोबारा ये मौका तुम्हें नहीं मिल पाएगा तो अब ऐसा नहीं कि केवल बोल दिया ऑब्वियसली उस चीज को भी सेट करने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस यूपीएससी की जर्नी में भी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल है स्ट्रगल इन द सेंस भारतीयों के स्ट्रगल थोड़े ज्यादा होते हैं बाकी के हो उसका कारण है इमोशनल भी है, है कॉम्पिटिशन को भी झेलना है और कंटिन्यूसली पढ़ाई भी रहने देना है मास्टरों की भी सुननी है इधर अड़ोसी पड़ोसी भी कहने लग गए हैं तो इस सारे स्ट्रगल से लड़ने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बने रहिए निरंतर मतलब आप उन जितनी चीज़ों से दूर हो सकते हैं जितना अपने आप को सिमट सकते हैं किसी एक चीज पर आपको उतना ही अद्भुत रिजल्ट मिलेगा इसलिए पूरी ताकत से लगिए, यह भी अच्छा समय है पूरा प्रॉपर टाइम है थोड़ा सा भी मत घबराओ। अगर आपको लगता है कि किसी जगह पिछड़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट आप खुद शुरू कर सकते हैं तो शुरू करो और इमीडिएटली जितना हो सके यहाँ से ताकत से लगो देखो अब यहाँ से दिवाली दशहरा और मेरे हिसाब से क्रिसमस और एक तारीख जब तक नहीं आती व्यवहार खत्म होने वाले नहीं है उसमें पढ़ाई करना बहुत कठिन होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा सराउंडिंग सराउंडिंग सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं ऐसा लगेगा कि हमने कौन से पाप किए हैं क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब हम लोग सिस्टम से पूरे समाज से पूरे आस के वातावरण से डिफरेंट व्यवहार करते हैं ना और वो भी ऐसा जो कि लोगों को पसंद ना हो तो थोड़ा सा ज्यादा विरोध झेलना पड़ता है तो इसलिए ज्यादा कोशिश करिएगा कि लाइब्रेरी में और जब भी आपको कोई एंजॉय करते हुए दिखे तो बस ये सोचिएगा उस दिन, जिस दिन जिस स्क्रीन पर नाम आएगा, उसी दिन होली भी मनाएंगे दिवाली भी मनाएंगे भले लोग कुछ भी सेलिब्रेट करे हम लोग वो सारे त्योहार एक ही दिन सेलिब्रेट करें तो थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा लगन बनाए रखिए कहीं चीजें जाने वाली नहीं है कंटिन्यू जितनी एग्जाम आती हैं पीसीएस की भी आती है तो छोड़ा मत करिए आप में से कई लोग मैं मैं सुनता हूँ कि सर हम पीसीएस नहीं दे रहे पीसीएस जरूर दो उसका कारण ये भली रिजल्ट तीन साल में आए लेकिन कई बार ऐसी किस्मत होती है कि दोनों रिजल्ट एक साथ आ जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि इधर एक एक नंबर से रह रहे तो उधर वाले के कारण दुकून रह जाता है तो चलने दीजिए जितने एग्जाम्स हो सकती हैं बाकी बेस्ट हम करेंगे कुछ ना कुछ बेहतरीन जिंदगी में होगा ही वो एक अंतिम परिणाम है लेकिन अभी हम जो काम करना चाह रहे हैं उसको जरूर करते जाइए